सबसे कोई इसके साथ स्वागत है आप सभी को न्यू वीडियो में जहाँ जो हम लोग खेलने जा रहे हैं GTA 5 इन फ़ोन हाँ भाई साहब ने सही सुना मैंने फ़ोन में GTA 5 इंस्टॉल करने वाला हूँ मतलब GTA 5 जैसा है कि दिन जी डी ए नहीं है तो वीडियो में दिखाता हूँ कि कैसे इंस्टॉल करना कैसा गेम है कि खेलना चाहिए कि नहीं तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और तो वीडियो में वीडियो में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करे एंड शेयर करें वीडियो को तो चलिए आगे चलते हैं ये गेम का नाम है सिटी ऑफ क्राइम गैंग वॉर तो इसको इंस्टॉल करते हैं तो कुछ टाइम लगेगा मैंने मैं लिंक दे दूँगा छः सौ का गेम है तो पांच पाँचवें रुक जाइए थोड़ा सा मैं पॉज करता हूँ वीडियो को आठ एम बता रहा है कुछ देखिए होता है कि नहीं हम को इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए गेम के अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसा गेम है GTA 5 जैसा तो लग रहा है अच्छा लगता है तो मैं आपको भी कर some with a terminal disease <laughs> So guys isna par ab daal lete hain to ye le ki ye le is ye ye tarah se gentle lag raha hai ye tarah ka कलर लग रहा है तो यही लेते हैं तो सर है। फाइटर वाला लग रहा है गाइस यार अब मिशन मिलेगा इट्स ऑफ कोर्स यू आर द वन क्रेजी एनफ टू गेट अप पीछे नंबर भी है नहीं पता है भी बैक सर इससे में शायद शे हिट हुआ है बैक ऑन आई डोंट वांट टू रिमेंबर द बाप ऑन द वे होम बट केडोन माइट बिस्ने फकिंग विद मी राइट वी हैवन हर्ड फ्रॉम हिम फॉर 2 वीक्स नाउ ही मस्ट हैव पोक्ड इन द राइट प्लेस एट द रॉन्ग टाइम व्हाट बी स्टूपिड व्हाइल यू वर गॉन द अदर फैमिली स्टार्टेड टेकिंग वी हैड टू फाइट टू द बिल्ड There? There. It's good to have you back. किसा से कोई फ़ायदा नहीं है, तो इंस्टॉल मत करिएगा गलती तो से इंस्टॉल हो गया अब सारे इसको डिलीट करेंगे सरगा इस मैं अगला वीडियो में जी डी फाइव का ले आऊँगा तो माफ़ कर देना अगर गलती किया होगा तो चलिए जी डी को यही ख़त्म कर दिया मुझे लगा था ये जी डी फाइव होगा जी डी फाइव जैसा वीडियो भी नहीं था इस मैं आपकी रिसर्च करके मैं वीडियो ला दूंगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बस और न्यू वीडियो ला फ़ोन में इंस्टॉल करने का कर देखता हूँ कैसे होगा कैसे क्या होगा सोच तो लिएगा इस वीडियो के लिए बस आज के लिए इतना ही अच्छा लगा होगा तो लाइक करना डिसक मत करिएगा इसमें जी डी ए फाइव ला दूंगा मैं सोचा था जी डी है जैसे जी टी जैसा होगा ग्राफिक्स व्राफिक्स मिशन में सब तो पहले मैं लगा मिशन है फिर उसके बाद ना आप लोगों ने भी जब देखते हो रिस करता हो आज रात में अगर मिल जाता है तो फिर मैं वीडियोज़ के ऊपर बना दूंगा इसलिए वीडियो के लिए बस नहीं आज के लिए बस नहीं गुड बाय टेल्व गुड नाइट